का हम लोग आ चुके हैं फाइनली इंडिया गेट में देख लीजिए पीछे है हमारा इंडिया गेट भैया आपको कैसा लग रहा है इंडिया गेट को घूमने में ये बता बढ़िया बहुत बढ़िया घूमने आए हैं समझा कर दीजिए बेच क्या ये घूमने होगा तो आप लोग उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे तो अभी मैं हूँ नोएडा में नोएडा सिक्सटी में तो अभी हम जाने वाले हैं इंडिया की राजधानी सिटी में और ये मेरा लाइफ का फर्स्ट ब्लॉग है मैंने कभी ब्लॉगिंग नहीं किया आज से स्टार्ट कर रहा हूँ पता नहीं कैसा रहेगा आप कमेंट में बताना और अच्छा नहीं रहेगा तो भी बता देना और सही रहेगा तो भी बता देना फर्स्ट है तो मेरे को पता नहीं है इतना कैसे बनता है ब्लॉग और क्या होता है तो चलिए चलते हैं अभी मैं नोएडा में हूँ अभी मैं हम यहाँ से मेट्रो में उठेंगे मेट्रो से जाएंगे सीधा इंडिया गेट और इंडिया गेट के जाने के बाद बहुत सारा मस्ती मस्ती आप सब लोगों को घुमाऊंगा मैं हमारा मेट्रो भी आ चुका और हम भी मेट्रो में इंटर हो चुके हैं और मेट्रो भी स्टार्ट हो गया जाना तो हम चलते हैं आगे आगे जाके आपसे बात करते हैं और बहुत मज़ा आएगा आपको बताई दिया आप पहले ही कभी सबको आपको तो सब, सब कुछ आपको दिखाऊँगा तो मज़ा तो आएगा ना भाई वहाँ पर हम नोएडा में चले थे मेट्रो में अभी हम मेट्रो मंडी हाउस में आ गए मंडी हाउस से अब जाएंगे ऑटो लेंगे ऑटो लेके सीधा जाएंगे इंडिया गेट पे इंडिया गेट पे जाने के बाद बहुत सारा मस्ती ही मस्ती होगा का चलो अभी हम आगे इंडिया मंडी हाउस में देख लीजिए यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा होता है देखने में बहुत बढ़िया होता है नज़ारा और काफ़ी सारा ये इंडिया का राजधानी सिटी है तो आपको तो पता ही है कैसा होगा कैसा होना चाहिए उतरे तो उतर के पैदल पैदल चल रहे हैं अभी हमें ऑटो तो मिल जाएगा बट चलने का जो मज़ा है तो वो मज़ा नहीं मिलेगा यार देखो यहाँ से यहाँ पे हमें एक बहुत बढ़िया पार्क मिल गया घूमने के लिए देख लीजिए बहुत ही सुंदर तरीके से सजा हुआ है ये यहाँ पे जो घूमने का मजा है यार सारे लोग मज़े ले रहे हैं यार देख लीजिए एक बार तो आप भी मज़े लो मेरे साथ और कुछ नहीं बस इतना ही चलो चलते हैं इंडिया गेट की तरफ पैदल पैदल क्योंकि थोड़ा सा ही है यहाँ पे तो हम पैदल ही चल रहे हैं अगर ऑटो ले लेंगे यहाँ से तो मज़ा नहीं आएगा चलने का इतना और जो घूमने का मजा है ना वो नहीं आएगा देख लीजिए यहाँ का एक बार व्यू आप बहुत मतलब व्यू बहुत ही ज्यादा अच्छा है और ये मेरे साथ दोनों है ये साहिल और रेहान को चलो तो आपको लेके आ गया है फिनिश फाइनली पीछे हमारा इंडिया गेट देख लीजिए एक बार बहुत ही मज़ा आएगा यार घूमने में मैं तो बहुत ही मजा में हूँ यार क्या बताऊँ आपको तो गाइस देखिए स्कूल का बच्चा है सारे के सारे घूमने आए गेट सामने। सब के सामने हाँ सर चलिए सबके सब मज़े ले रहा है भाई हम भी मज़े लेते हैं ये हमारा मतलब क्या बोलूँ इसको चूतिया है तो ये चूतिया ही रहेगा और कुछ नहीं बस ये चलो आपको दिखाता हूँ पूरा बहुत मज़ा आ रहा है तो लोग आए इस यहाँ पर देख लीजिए सबके सब, सब फ़ोटो खींचा रहा है और फ़ोटो जा रहा है वीडियो बना रहा है बहुत आउट ऑफ कंट्री से भी लोग आया हुआ है यहाँ पे देख लीजिए सारे घूमने आए हैं कर दीजिए प्लीज यहाँ ये घूमने आए सब तो हम भी घूमेंगे यार बहुत चलो देखते हैं यार आगे जाके नज़ारा बहुत ही अच्छा है घूम रहा है सबके सब और सब। हम भी घूम रहे हैं मज़ा तो आ रहा है मेरे साथ दो दोस्ती है बस और कुछ नहीं चलो चलते हैं परेशान करके रखा है यार मेरे को दोनों ने वीडियो बनाने नहीं दे रहा है यार और मेरा एक्चुअली ये फर्स्ट ब्लॉग है तो फर्स्ट ब्लॉग में आपको सही से नहीं दिखवा रहा हूँ मैं मतलब सही से दिखवा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को इतना आइडिया नहीं है एक्सपीरियंस नहीं है एक्सपीरियंस की भी बात होती है तो चलो फिर भी दिखा रहा हूं मैं आपको सब कुछ ये देख लीजिए गेट बहुत ही सुंदर तरीका से बना हुआ है ये और सारे के सारे यहाँ पे घूमने आते हैं ये देख लीजिए भाई यहाँ का व्यू बहुत ही बढ़िया व्यू है ओह भाई साहब क्या बताएं सारे के सारे पार्क यहाँ पे सब बस सब मज़े ले रहे हैं हम भी मज़े ले रहे हैं घूम रहे हैं और चलते हैं एक चीज़ तो यार बहुत ही यहाँ का व्यू जो है देखने को बहुत ही अच्छा है ऊपर से बहुत सारे लोग घूमने में आए तो मज़ा काफ़ी अलग सा फील हो रहा है यार अलग सा तो यार यहाँ पे बहुत सारा बंदा आके फोटो खिंचवा रहा है वीडियो बना रहा है तो और भी हम किससे पूछते हैं कैसे लगे? भाई भाई आपको तो कैसा लग रहा है इंडिया गेट को तो घूमने में ये बता बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आप भी बता दीजिए आपको आप तो कैसा फीलिंग आ रहा है अच्छा अच्छा लड़की नहीं है अच्छा लड़की है कोई नहीं मिल जाएगा यार हाँ हाँ कोई नहीं सब सब कपिल हम लोग घर के लिए तैयार हो गए अभी जा रहे हैं हम लोग घर पे और क्या सीचे सारे लोग घूम रहे हैं यार अभी हम जाएंगे रूम पे और रूम पे होगा सही है या ओके तो गई अभी हम जा रहे हैं इंडिया गेट से घूम के वापस रूम पे मेट्रो से जाते टाइम हमें नज़ारा कुछ देखने को ऐसा मिलता है बहुत ही बढ़िया फाइनली के आ गए लास्ट टाइम अभी हम वहाँ पे मेट्रो में उठे थे और यहाँ पे उतर गए राजीव चौक हम जाएंगे रूम पे रूम पे जाने के बाद खाना पीना सोना और ख़त्म यार मज़ा आया यार काफ़ी मज़ा आया क्योंकि भाई फर्स्ट टाइम देखा मैं इंडिया गेट और फर्स्ट टाइम मेरा ये ब्लॉक भी है तो मज़ा आया यार अगर आपको भी वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ठीक है भाई तब तक के लिए इतना अगले वीडियो के लिए वेद कर लीजिए आप लोग जल्दी ही मिलेगा आई थिंक वीकली एक वीडियो दूंगा मैं शायद चलो चलते हैं बाय